महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कामता को बचाने के लिए साधु संतों के साथ धर्म यात्रा निकाली इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह धार्मिक पदयात्रा अवैध उत्खनन से भगवान श्री राम की स्मृतियों को बचाने के लिए है इसमें राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग शामिल होकर प्रभु श्रीराम की स्मृतियों को बचाने में मदद करे साधु संतों के सानिध्य में भगवान कामता के मुखार से विधायक नारायण त्रिपाठी ने महर से पद निकाली इस मौके पर उन्होंने कहा प्रभु श्री राम की स्मृतियों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है अवैध उत्खनन कर इन्हें नष्ट किया जा रहा है उन्होंने कहा यह यात्रा भगवान श्री राम की तपोभूमि के सर्वांगीण विकास के लिए है इस पदयात्रा में लोगों को शामिल होना चाहिए उन्होंने कहा अगर लोग समझते हैं कि यह राजनीतिक पदयात्रा है तब भी सभी को धर्म को बचाने के लिए शामिल होना चाहिए उन्होंने कहा यह श्री राम की कर्म को बचाने के लिए धार्मिक यात्रा है सभी साथ आए और इस यात्रा को सफल बनाए परम धाम को जाना चाहते है साक्षात भगवान का से साक्षात्कर कर, करना चाहते हैं सभी संत महात्मा राम को प्राप्त करना चाहते हैं सभी ऋषि मां शारदा को साक्षात बात करना चाहते हैं मैं राजनीतिक आदमी हूं ये महत्वाकांक्षा अच्छा होंगी तो कौन सी बड़ी बात है पर इसमें महत्वाकांक्षा अच्छा जैसे मैं नहीं समझ पाता कि क्यों आदमी को कुछ भी करेगा आरोप लगाए जाएंगे लोग बोलेंगे मेरा काम राजनीति से अलग हटके ये धर्म और आस्था का मामला है